इस वीडियो में हम आंखों का तनाव कम करने के लिए डार्क मोड का इस्तेमाल करेंगे ये कैसे किया जाता है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जब हम ईमेल अटैचमेंट भेजते हैं तो उसकी कॉपी बनती है वो कॉपी वापस आती है फिर हम कॉपी पेस्ट करते हैं इकट्ठा फाइल बनाते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है ये बहुत इनफिशियंट है किसी ने वो फॉरवर्ड कर दिया हमको पता भी नहीं चलेगा इसलिए ये सेफ भी नहीं है तो करना क्या चाहिए एक बेहतर तरीका इस्तेमाल करते हैं जब आप नया फाइल बनाते हैं और आपको वो फाइल सेव करना है तो कहाँ करना है वन ड्राइव में करिए लोकल पीसी में नहीं उससे काफी फायदा होता है अब शेयर करना है तो ये बटन दबाइए इसमें जिसको भी भेजना है उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए बाहर वाले लोगों का भी ईमेल आईडी चलता है जी मेल अपने सप्लायर कस्टमर सब चलेगा लेकिन ये ईमेल डालने के बाद सेंड बटन नहीं दबाना है रुक जाओ पहले सोचो क्या हो रहा है लिंक जा रहा है किस प्रकार का लिंक जा रहा है एनी वन अ लिंक का मतलब क्या है मतलब यह है कोई भी इस लिंक को खोल सकता है कोई भी आपका डॉक्यूमेंट देखे चलेगा नहीं चलेगा ना तो ये जो है चेंज करना पड़ेगा एनीवन वन विथ लिंक नहीं चलेगा लोग हमने ऑलरेडी बोल दिए हैं स्पेसिफिक पीपल उनको एडिट करना अलाउ करना है या नहीं करना है वो भी अपने हाथ में है अगर एक्सेल रिपोर्ट भेज रहे तो एडिट मत करो डाउनलोड भी नहीं करना है कोई बात नहीं वो भी ब्लॉक कर सकते हैं ये सब होने के बाद अप्लाई बोल के मेल चेक करना भेज देना अभी क्या जा रहा है मेल तो जा रहा है लेकिन लिंक जा रहा है अभी क्या होगा लोग जो भी चेंज करेंगे उस फाइल को कैसे करेंगे उनको मेल आएगा लिंक पे क्लिक करेंगे वो खुलेगा ब्राउज़र पे अगर चाहिए तो फुल वर्जन वर्ड में भी खोल सकते हैं लेकिन उनके पास वर्ड नहीं है ऑफिस सब्सक्रिप्शन नहीं है चलेगा ब्राउजर पे खुलेगा एडिट भी होगा और वो जो भी एडिट करेंगे वो सब अपने एक ही फाइल में आ रहा है कॉपी पेस्ट का जरूरत है ही नहीं अब समझो फाइल का, का काम हो गया सब ने एडिट कर दिया तो उनको जो परमिशन दिया है वो निकाल भी सकते हैं वापस शेयर में जाना है और तीन डॉट जो है उस पर क्लिक करना है उसमें आएगा मोर ऑप्शन मैनेज एक्सेस उसमें जाके लिंक हटा दो उनका परमिशन निकल गया और एक चीज़ है उन्होंने ये मेल दूसरे किसी को फॉरवर्ड किया तो क्या होगा कुछ नहीं होगा ये सेफ है वो लिंक फॉरवर्ड करने से चलेगा ही नहीं इसलिए वन ड्राइव से डॉक्यूमेंट शेयरिंग करिए और अपना काम एफिशिएंट बनाइए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए धन्यवाद